दादा हमें पगले हम दो ही को ध्यान <laughs> दे रहे हां वहां बताम वाला पगले अली वीजा कटे कटता नहीं आ रहा अरे जाओ ये कितनी दूर है गिन के बता आपके कितने किलोमीटर रहेगा बहुत ज्यादा है ना कर वो तो सही नहीं चल रहा है ये थे तो थे। दास नहीं दास के तुम आए थे तो, नहीं जो तो, थे आए को तो दास दास के, के, के, के नहीं जी घंटा को बंद कर दे गाड़ी अब तो समझ में <laughs> नहीं आ रही है ऑप्शन भी तो नहीं क बस कहीं कहीं ना जहां जे ठन्ना के फिर रात मरा के वाले प्लीज जानन दे ना तरह नहीं आए दिखा है पीछे बंद में भाग जाए लाइट जला दिन की लाइट ला दे इसे मैं फिर देखो विजेल लाइन की सब नी है इसे जला दे सुबह राम ने और पे नहीं देखो आए पहली बार देखो हां <laughs> हम ले तो ये करल लाख देखो अरे मोबाइल वीडियो बन जाएगा तो ना का पहली बार देखा है ऐसा मौसम पहली साल का पहला कोहरा लाइव दर्जन कोहरे के घट गया चल अपन कौन सी कोहरा चल अच्छा रहा है अच्छा अच्छा थोड़ी मध्य करो भैया बहुत तेज है आज ले अपन बिल्कुल सर जी देखिए दर्शन कीजिए आप में लाया थोड़ा मुरागने कैसे एक किलोमीटर चलना ऊपर बस मुड़े ऊपर ऊपर नहीं जाएंगे हमें आधा किलोमीटर तुम कह रहे एक किलोमीटर मुझे खाला बंद कर रहे